तो हमारा जुमे का जो टॉपिक रह गया था थोड़ा सा वो यही रह गया था कि औलाद की तरबियत कैसे करें हमने कुछ बातें बदलाई थी कि अपने बच्चों को इन कामों से बचाना तो आज की इस वीडियो में और मज़ीद बातें बतलाएँगे कि अपने बच्चों को इन कामों से और बचाएं तभी आपका लड़का या आपकी औलाद नेगी होगी कि अपने बच्चों को मतलब तरबियत कैसे करें अपने औलाद को फरमाबरदार कैसे बनाएँ तो पहली चीज़ यही है कि हराम कामों से अपने बच्चों को बचाएँ देखो शरीयत ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनसे अपने बच्चों को बचाएं जैसे नाच गाने म्यूज़िक ये जो भी चीज़ें हैं इन सब को सुनने से हमेशा मना करते रहना चाहिए इनके सामने इन चीज़ों के बारे में दुनिया और आखिरत के ज़बरदस्त नुकसान इनको समझाएं और इनसे इन सब चीज़ों से नफरत भी दिलाएं जैसे कि मिसाल के तौर पर यह बताएँ कि गाने सुनने से क्या होगा मतलब आखिरत में भी आपके कानों में क्या डाले जाएंगी गरम-गरम लोहे की सलाखें डाली जाएंगी दागी जाएंगी इससे इन सब चीज़ों के बारे में डरवाएं और दुनिया में इसका नतीजा क्या बदलाएं दुनिया में ये बदलाएं कि देखो कान आपके क्या हो सकते हैं बहरे हो सकते हैं क्योंकि ये बुरी चीज़ है आजकल तो लोग पता नहीं कानों में क्या है वो एयरफोन लगा लगा, लगा लगा लगा के लोग आज कम तक सुनने लगे हैं तो इसलिए इन सब चीज़ों से इनको नफ़रत दिलाएँ क्योंकि बचपन में जब इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है तो आखिर उवम्बर तक बाकी रहती है तो मेरे भाई नाच गाने म्यूज़िक वगैरह तल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत में ज़मीन में दसाए जाने वाले चेहरे बिगाड़ दिए जाने वाले पत्थरों की आदाब का पत्थरों की बारिश का आजाब होगा एक शख्स ने अर्ज़ किया यार रसोल्ला ऐसा कब होगा आपने फरमाया जब गाने वालियों और गाने बाजे का रिवाज होगा शराबें पी जाएंगी एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको पूरी दुनिया के लिए रहमत और हादी बनाकर कर भेजा मुझे गाने बाजे और म्यूज़िक वगैरह को मिटाने का हुक्म दिया कितनी अफसोस की बात है कि जिन चीज़ों को मिटाने का हुक्म अल्लाह ने अपने नबी को दिया हम दिन रात इसी को बजा बजा कर इसे क्या करते हैं? अपने मुआरे में प्रमोट करते हैं तो प्लीज़ पहला काम ये करें हराम कामों से अपने बच्चों को बचाएँ जैसे नाच गाने म्यूज़िक वगैरह हैं इनसे अपने बच्चों को नफ़रत दिलाएँ दूसरी चीज़ है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो है बुरे सो बुरे दोस्तों से मतलब इनको बचाएं बुरे दोस्तों की सोहबत से इनको बचाएं देखो अगर बच्चा नेक लोगों की सोहबत में बैठता है तो उस पर नेकी के असर पड़ते हैं और आगे चलकर उसका काम नेक काम करने का मिजाज बन जाता है मतलब दिल बन जाता है इसलिए हर वक्त इस बात पर नज़र रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं बुरे दोस्तों के साथ तो नहीं रहता रसूलुल्लाह रसूल सल्ला वल्लम ने फरमाया नेक दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क बेचने वाली की कि दुकान से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो लेकिन खुशबू ज़रूर आएगी कुछ भी फ़ायदा ना हो लेकिन उस दुकान से खुशबू ज़रूर आएगी इसी तरीके से और बुरा दोस्त ऐसा है जैसे भट्टी से आग कि आग ना लगे तब भी उसके धुएँ से कपड़े तो ज़रूर ख़राब होंगे तो दूसरी चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बतलाइए बुरे दो, बुरे दोस्तों बुरे दोस्तों की सोहबत से अपने बच्चों को बचाएँ देखो पानी चाहे कितना भी गंदा हो लेकिन अगर उसको जरा सा साफ पानी में डाल दिया तो क्या है साफ पानी भी गंदा हो जाता है तो इसी तरीके से है कि बच्चा आपका चाहे जितना साफ सुथरा हो ज़रा सा अगर मतलब जो है गड़बड़ी वाली आदत या उसके अंदर ख़राबी वाली आदत आ गई बुरे दोस्तों की वजह से तो फिर वो पूरा का पूरा बुरा, बुरा बन जाता है तो इस तरीके से और तीसरी चीज़ ये सिखाएं अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखें उनको सफ़ाई की हिदायत दीजिए अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखें उनको साफ़ सुथरे रहने का सलीका भी सिखाते रहें लेकिन इस्लाम की सादगी को ज़रूर बरकरार रखें ज़्यादा जेब वज़ीनत और आरइश इस्लाम में पसंदीदा नहीं इस्लाम बस खाली सफ़ाई सुथराई को ही ज़ोर देता है रसोल सल्लाव वम ने फ़रमाया पाकि को अल्लाह पसंद करते हैं और वो साफ़ सुथरे हैं सफाई को पसंद करते हैं हज़र जाबिर रजील्न कहते हैं कि एक मरतबा रसूल सल्ला वसम हम हम रसूल सल्ला व्लम हमारी मुलाकात के लिए आए और एक आदमी को देखा कि उसके बाल बिखरे हुए आपने फरमाया इसके पास वो कंगी वगैरह नहीं है जिससे वो अपने बालों को दुरुस्त कर लेता एक और शख्स को देखा जिसने गंदे कपड़े पहन रखे थे तो आपने फरमाया क्या इसके पास साबुन पानी वगैरह नहीं है जिससे वो अपने कपड़े को धो लेता तो साफ सफाई बस खाली रखवाएं ज़्यादा साफ सफाई भी इस्लाम पसंद नहीं करता मतलब ज़्यादा संभलना सजना एक एक बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें पहनना लोगों को दिखाना ये सब चीज़ें नहीं अब चौथी जो चीज़ है वो है औलाद के हक में अल्लाह से दुआएं मांगते रहना चाहिए हर इंसान के दिल में अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है इसलिए जब वो उनके हक में दुआएँ करता है तो वो दुआ दिल से निकलती है और इसलिए उसको अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन दुआएं ऐसी हैं जो यकीनन कबूल की जाती हैं उनकी कबूलीत में कोई शक नहीं वालिद की दुआ मुसाफिर की दुआ और मज़लूम की दुआ तो उल्मा ने लिखा है कि इस हदीस में सिर्फ़ वाल का जिक्र है वालदा का नहीं लेकिन वालदा भी इसमें शामिल है उनकी दुआ कुछ ज़्यादा ही मकबूल होती है क्योंकि उनका हक और भी ज़्यादा है तो इसलिए अपने बच्चों को तरबियत इस तरीके से दिलाएं और अपने बच्चों को नेक बनाएं अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मदरसे में भी भेजें बच्चों की तालीम और तरबियत अपने घर में भी करें और उन्हें किसी ऐसी जगह भी भेजें जहां दीनी माहौल कायम हो दीन की बातें सिखाई जाती हों जहां कम वक्त में बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल भी रखा जाता हो तो इसके लिए एक से एक मदरसे हैं उसमें आप बच्चों को दाखिल कराएँ एडमिशन कराएँ और बच्चों की अच्छी से तालीम करवाएँ तो अल्लाह ताली हमारी सब की औलादों को नेक बनाए फर्माबरदार बनाए आप सबकी और हम अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद रहने की हमें कोशिश भी करते रहना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें आवारा बिल्कुल नहीं छोड़ना बल्कि उनकी तरबियत अच्छे से अच्छी करना